हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रिव्यू एक नजर दोस्तों आज का हमारा रिव्यू यमी गौतम और सनी कौशल की आने वाली फिल्म चोर निकल के भागा के टीजर पर है दोस्तों नेटफ्लिक्स पे इसका टीजर रिलीज हो चुका है बॉलीवुड सुपरस्टार यमी गौतम और सनी कौशल फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे और साथ ही शरद केलकर जो अपने अभिनय से फैंस के दिलों पर छा चुके हैं शरद केलकर फिल्म में एक दबन पुलिस वाले के कैरेक्टर में नजर आएंगे आप तो तो मेरे और यहाँ मैं सोच रहा था कि आज शाम आपको डिनर के लिए पूछा जाए काफी तेज हैं आप। आपको स्लो पसंद है तो स्लो कर देंगे दे। इस फिल्म के डायरेक्टर अजय सिंह है पूरी मूवी की लंबाई एक घंटा पचास मिनट की है फिल्म 24 मार्च को रिलीज होने वाली है टीज़र को देखने के बाद फैंस के दिलों की उत्सुकता अब फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रही हैं क्योंकि कि फिल्म थरिल और सस्पेंस से भरी पड़ी है। सनी कौशल और यामी गौतम की फिल्म चोर निकल के भागा की अनाउंसमेंट नेटफ्लिक्स की 25वीं सालगिरह के दौरान हुई थी और 24 सितंबर को नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर चोर निकल के भागा का शानदार टीजा रिलीज किया गया था बत्तीस सेकेंड के इस टीजे में आप देख सकते हैं कि सनी और यामी एक प्लेन में मौजूद हैं जो हाईजैक हो जाता है फिल्म में यामि गौतम एक ए हॉस्टेज का किरदार निभा रही हैं और फिल्म में सनी का किरदार अभी एक रहस्य है लेकिन इस टीज़र से अनुमान लगाया जा सकता है कि सनी ही वो चोर हैं जिसके वजह से ये प्लेन हाईजैक होता है अब देखना ये है कि सनी के किरदार में कितने रहस्य छुपे हैं दोस्तों चोर निकल के भागा के सस्पेंस से भरपूर इस टीज़र को देखकर आपकी एक्साइटमेंट काफी बढ़ जाएगी अगर आप सस्पेंस थ्रिल के लवर हैं तो ये आपके लिए शानदार फिल्म साबित होने वाली है एक्ट्रेस यामी गौतम और सनी कौशल की जोड़ी पहली बार फिल्म चोर निकल के भागा में एक साथ नजर आने वाली है इससे पहले यामि गौतमुरी द सर्जिकल स्ट्राइक दसवीं एथर्सडे और काबिल जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं जबकि सनी कौशल बॉलीवुड सुपरस्टार विक्की कौशल के भाई हैं सनी ने अब तक फिल्म गोल्ड हुरंदक और शिद्दत जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का दमदार प्रदर्शन किया है हालांकि नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म चोर निकल के भागा की रिलीज डेट सामने आ चुकी है अब देखना यह है कि क्या ओ प्लेटफॉर्म पर ये जोड़ी फ़ैन्स की उम्मीदों पर खरी उतर पाती हैं या नहीं दोस्तों इस फिल्म को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स करके जरूर बताएं दोस्तों मेरा अपना ओपिनियन इस फिल्म को लेकर दो चीजें पे है पहला यामी गौतम और दूसरा फिल्म की स्टोरी लाइन जो सस्पेंस और थरिल से भरपूर है मैं फिल्म इन दो वजहों से देखूंगा दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में